जैसा कि आप सब व्यूवर्स जानते हैं इंडिया का ही सारी मान्यताओं का देश है एक मंदिर का सातवें दरवाजे में बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है तो चलिए इस दरवाजे को देखते हैं। तमिलनाडु में मौजूद प्राचीन मंदिर अनंत पद्मनाभ स्वामी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। वहां एक रहस्य बड़ा दरवाजा मौजूद है ऐसी मान्यता है कि सुदु। सुदु की सिद्ध साधु की जरिए ही इसे खोला जा सकता खेर इस दरवाजे के पीछे का सच क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम है कुछ लोगों के मुताबिक दरवाजे के पीछे से अरब सागर की आवाज़ सुनाई देती है जबकि कई लोगों का मानना है कि वो आवाज कहाँ मौजूद कई सारे साफ होते आती है इस मान्यता के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करिए और ऐसी वीडियो आगे भी देखने के लिए सपोर्ट करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग